सर क्या मामला है दो? आज यहाँ जो आज सुबह लगभग आठ बजे के आसपास ये गांव जहाँ हम लोग खड़े हैं ये मसीदा गांव है थाना सिकरारा अंतर्गत यहाँ पर ये दो पक्षों में आज कुछ लोग दोनों तरफ से इकट्ठा हुए थे और ये डीह बाबा का ये मंदिर है यहाँ पर मसीदा गांव के लोग लड़के भी यहाँ इकट्ठा थे और दूसरे जो बगल में गाँव बिश्वनपुर है वहाँ के लड़के भी आए थे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस मंदिर पर बिश्वनपुर के कुछ लड़के आकर के यहाँ पर नशे का सेवन करते थे इस बात को मसीदा के लड़के मना करते थे इसी बात से शुभ होकर विष्वनपुर के लड़कों ने आज अपने और लड़कों को लेकर के यहाँ पर आए और यहाँ मसीदा गांव के लड़कों से उनका झगड़ा हुआ इसी दरमियान विष्वपुर के कुछ लड़कों ने यहाँ के लोगों पर फायर कर दी और फायरिंग में अभी तक दो लोगों को फायर आर्म की चोटें तस्दीक हुई हैं जिसमें एक विकास यादव हैं उनके पैर के नीचे फायर इंजरी है और प्रमोद यादव के कमर और कमर के पास फायर इंजरी है शेष दो राम नारायण और मुकेश को जो इंजरी है वो फायर की अभी नहीं बताई जा रही है वो गिरने पर्दे से भी चोटें बताई जा रही हैं और इस घटनाक्रम में जो पीड़ित विकास इत्यादि हैं उनके द्वारा तहरीर दी जा रही है उस पर भी तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया जाएगा और इस घटनाक्रम में जो भी लोग दोषी है आ, उनको उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी अजय सर क्या पथराव वथरा भी हुआ था ईट पत्थर भी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि दोनों गाँव के लोग चूँकि ये गाँव का सिवान है बीच का है और यहाँ पर दोनों गाँव के लोग आते हैं और महिलाएँ बच्चे भी आते हैं तो यहाँ पर मसीदा के लड़के पहले से ही चूंकि ये मसीदा का ही भाग है और बिशुनपुर चूंकि एकदम बगल में है तो वहाँ के लड़के भी आते हैं इसी दरमियान वही पूरा पहले से जो यहाँ लड़के आकर के नशा घटना तो है नहीं तो ये घटना क्या अब पहले इसकी जांच जा की जा रही जाज है जांच की जा रही है कि इसमें इसके क्या क्या एंगल है और ये वास्तव में ये जो झगड़ा हुआ इसमें अभी और डिटेल गहराई से जांच की जाएगी तो सारे तथ्य प्रकाश में आएंगे ये पिस्टल से है सर गोली चल रहा अभी से तक जो इसमें खोखा और एक बुलेट मिला है उससे ये लग रहा है कि ये पॉइंट का है और जो इंजरी है वो अभी डिटेल जब इंजरी रिपोर्ट आएगी तो और गहराई से इस बारे में छानबीन की जाएगी